जय हिंद ये बाल विकास का फर्स्ट पार्ट है जो यू और शिक्षक भर्ती में बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया ऑप्शन ए है कोहलर ने बी पाओलाव ने सी थारण डाइक ने या फिर डी गैस्टाल्ट ने इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी थारण प्रश्न नंबर दो सामान्य संयुक्त कोशिका में मूढ़ सूत्रों के जोड़े होते हैं कितने होते हैं ऑप्शन ए है बाईस जोड़े बी तेईस जोड़े सी चौबीस जोड़े या फिर डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तेज जोड़े प्रश्न नंबर तीन सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है ऑप्शन ए है सीखने का वक्र ऑप्शन बी सीखने का पठार ऑप्शन सी स्मृति या फिर ऑप्शन डी अवधान इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है बताइए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सीखने का पठार प्रश्न नंबर चार अधिगम है बताइए फिर अधिगम क्या है ऑप्शन ए है व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अनुभवों द्वारा परिरक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या फिर उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुभवों एवं परिलक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नंबर पांच वायुगोषी के अनुसार बच्चे सीखते हैं ऑप्शन ए है। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब या फिर बच्चे जब परिपक्व होने होने से या फिर अनुकरण होने से या फिर वयस्कों और समय समवयों के साथ परस्पर क्रिया से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वयस्कों और समयों के साथ परस्पर क्रिया से प्रश्न नंबर छ क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ऑप्शन ए हल ने ऑप्शन बी थान ने ऑप्शन सी होगार्टी ने या फिर ऑप्शन डी स्किनर ने इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्किनर नंबर सात कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा का सिद्धांत से बी विकास के सिद्धांत से सी व्यक्तित्व का सिद्धांत से या फिर डी अधिगम के सिद्धांत से इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत से निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है ऑप्शन ए समानता का विभिन्नता का सी प्रत्यागमन का या फिर डी अभिप्रेरणा का इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का प्रश्न नंबर नौ संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है ऑप्शन ए ज्ञान बी बोध सी अनुप्रयोग या फिर डी विश्लेषण इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ज्ञान प्रश्न नंबर 10। सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के, प्रगत के सूचक होते हैं ऑप्शन बी सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं ऑप्शन सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं या फिर ऑप्शन डी सीखने की रचनात्मक सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं इस प्रश्न का सही जवाब यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही जवाब है प्रश्न नंबर 11 निम्न में से कौन शेष से, से भिन्न है ऑप्शन ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत समान अवयव का सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर सामान्यकरण का सिद्धांत इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत प्रश्न नंबर 12 निम्न में कौन सीखने के गेस्टार्ट सिद्धांत से संबंधित है ऑप्शन ए पावलाव बी स्किनर सी थानाइक या फिर डी कोहलर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कोहलर ये केवल प्रैक्टिस है इसमें आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और यदि आपको और भी वीडियो देखने हैं तो यहाँ पर कोने में यहाँ पर एक आई बटन होगा उस आई बटन पर क्लिक करिए तो आप डायरेक्ट पी पर पहुँच जाएंगे प्रश्न नंबर तेरह कक्षा शिक्षण में सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं ऑप्शन ए है प्रभाव के नियम बी सादृश्यता का नियम सी तत्परता का नियम या फिर डी सहचारी का नियम इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तत्परता तो का नियम प्रश्न नंबर चौदह निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा बी विद्यालय का असहयोग सी शारीरिक सीमा डी ज्ञान की सीमा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग प्रश्न नंबर 15 अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है यह कथन किनके द्वारा दिया गया है ऑप्शन ए गेट्स एंड अन्य के द्वारा बी मार्गन एंड गिलैंड के द्वारा सी स्किनर के द्वारा या फिर डी क्रॉनबेक के द्वारा इस प्रश्न का सही जवाब है आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब है गेट सिपा के द्वारा प्रश्न नंबर 16 निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम सी द्रुतगामी विकास का नियम डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम प्रश्न नंबर 17 अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन ए प्रायड ने बी युंग ने सी मन ने या फिर आलपोर्ट ने बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी युंग प्रश्न नंबर 18 सीखने के नियम किसने दिए हैं क्या पावलाओं ने दिए हैं ऑप्शन बी स्किनर ने ऑप्शन सी थर्न ने या फिर ऑप्शन डी कोहलर ने तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नंबर प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय कि इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है तो आप है मात्रा और प्रकार आकार और मूर्त प्रकार और मात्रा आकार और किस्म तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकार और मात्रा प्रश्न नंबर बीस पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञात संज्ञानात्मक योग्यता है क्या है ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन की योग्यता ऑप्शन बी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष का चिंतन ऑप्शन सी लक्ष्य उद्दृष्ट व्यवहार की योग्यता या फिर ऑप्शन डी दूसरे के दृष्टिकोण को सम, समझने की योग्यता इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्य उद्दृष्ट व्यवहार की योग्यता प्रश्न नंबर 21 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए ने, गेसेल ने, ने, ने। बी सी डी और ने। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया गेसेल, तो बिल्कुल सही जवाब है प्रश्न नंबर 22 मूल प्रगतियों को चौदह प्रकार से किसने वर्गीकृत किया वर्गीकृत किया है ऑप्शन ए ड्रेवल ने बी मैकडूगल ने सी थानाइक ने या फिर डी उडवर्थ ने इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन बी मैकडूगल बिल्कुल सही जवाब है प्रश्न नंबर तेरह निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है ऑप्शन ए तत्परता का नियम बी अभ्यास का नियम सी बहु अनुक्रिया का नियम या फिर डी प्रभाव का नियम इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत जवाब है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बहु अनुक्रिया का नियम नंबर चौबीस भाषा क्या है भाषा तो ऑप्शन ए है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है भाषा विचार प्रक्रिया का निर्धारण कर नहीं कर सकती है भाषा ऑप्शन सी हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है या फिर ऑप्शन डी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है भाषा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हमारी विचार विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है इनमें से किसका नाम सृजनात्मक या सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का ग्वाल्टन का सी रास का डी वोडोवर्थ का इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गॉल्टन का